20 से 25 महिलाएं उम्मीदवारों को मिल सकता है मौका भाजपा सत्ता फिरोधी के कारण 40 नए चेहरे लाएगी सौराष्ट्र उत्तरी गुजरात में बड़ी कटौती गुजरात भाजपा की चुनाव चयन समिति की बैठक शुरू हो चुकी है पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तेरह जिलों की सैतालीस से सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के तहत यह प्रक्रिया शुरू इस बीच शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं और पर्यवेक्षकों के बीच हुई बातचीत से यह निष्कर्ष निकला है कि भाजपा इस चुनाव में सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में अच्छी बढ़त के लिए कटौती कर सकती है कुल एक सीटों की बात करें तो पार्टी कुल चालीस सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है बहुत संभव है पार्टी सत्ता विरोधी लहर को बढ़ने के लिए कई पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को पेश करे इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक नई सूची में पुरानी रूपाणी सरकार और मौजूदा भूपेंद्र पटेल सरकार के मंत्रियों को नहीं दो राया जाएगा। सत्ता विरोधी के लाज महिला प्रत्याशी पार्टी के नेताओं इस सीट में निरीक्षकों को विशिष्ट हर एक सीट पर महिला उम्मीदवार हो सकती है यह पूछ रहे हैं इस प्रकार पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को मौका देने के लिए तत्परता से चयन करेगी लेकिन लेकिन पार्टी यह मानती है कि सत्ता लहर का इलाज महिला उम्मीदवार होगी इसे देखते हुए संभावना है कि भाजपा इस बार 20 से 25 महिला उम्मीदवार को टिकट का ऐलान करेगी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उम्मीदवार का अनुपात अधिक रहेगा